सो so, हे hey आज हम बनाने जा रहा हूं एक वीडियो मेजर क्लब में मतलब कि मेरा इंट्रो कुछ अलग दे दिया मैंने चलो दोबारा से देता हूँ सो है आपका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में सो so, आज हम खेलने जा रहे हैं मेजर विद मेजर के अंदर क्रिस्टल बीपी विद भाई दो तीन बंदे खेल रहे थे मेरे को चोर मच गई वे मैंने भी लगा डाले दो तीन बंदे खेल रहे थे मेरे को चूर मच गई पहले ने ने पे अब यार आ गया। चलो अब दिखाता हूँ आपको मेरी पी पी। काम करता ठीक है आपने, आपने, नहीं नहीं बाय तो पहले से स्टार्ट तो मेरे बिना कैसे स्टार्ट गाइस ये बात गलत बात है मेरे को पता है एक पर मजे आते हैं मैं <laughs> एंटी लगा खाई मैंने एंटी नॉक बैग तो लगा ला था एंटी नॉक बैग ये गंदा है ये ये इसके अंदर बड़े टूट में थोड़े से क्या हो रहा है, चलो है लगाना अच्छा नहीं रहता मैं आपको दिखा देता हूँ वाला हो हूं। क्रिस्टल था कुछ नहीं होता चलो ऑटो टूटो वगैरह बंद कर देता हूँ चलिए गाइस अब मैं तो तो तो किसी के अंदर लेग तो नहीं चलो इसमें चलते हैं कर रहा है, लेग तो है क्या करू क्या करू वीडियो बनानी है वीडियो बनानी है तो स्ट्रे में चलना पड़े दे दे दे, दे, दे, दे। किसमें लाऊ इसके सुनिए भाई किसी की पिन अच्छी नहीं आ रही बे खरीदे थोड़ा कुछ अपना नेट चेक करने लो। आ, मैं अपना नेट चेक तो कर लूं। को। नेट स्पीड लेना ने ये है माइनक्राफ्ट में क्यों नहीं चल रहा नेट चलो चलो गाइस आपको दिखाता मेरा सीपीएस अगर मैं हाई पिक्चर में गया तो बहुत गंदा लेक करेगा भी। थ्री गो देखो गाइज अब दिखाता हूं आपको असली वाली रुको रुकना वेट करना ओके तो सो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना काफी है बाय बाय टाटा सी यू लेटर